इतने अब हम आ चुके हैं अपने घर में हेलो हेलो हेलो गाय हेलो गाय वो बोलता है देखें बाबू आपका नाम क्या है, <laughs> है। देखो आलू आज का नाम आलू नहीं आलू आलू है <laughs> आपका इसका भी YouTube चैनल है प्लीज इसे भी सब्सक्राइब करे क्या दे रखा है छोले चावल।, चावल और, और लो। हमने खाना खा लिया है अब हम सोने वाले हैं देखिए सब सो गए है अपनी मम्मी किचन में है मैं भी सोने वाली हूँ तो बस अब ये व्लॉग यहीं एंड होने वाला है देखा सब सो रहे हैं chali guys good night